साथियों नमस्कार वृश्चिक राशि के जातकों का जुलाई माह कैसा जाएगा इस माह वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई माह में अनुकूल दिवस कौन से होंगे व प्रतिकूल दिवस कौन से होंगे इस पर हम विशेष प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आपका सबसे भाग्यशाली अंक इस माह कौन सा रहेगा शुभ कलर आपका कौन सा रहेगा इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और अंत में उपाय बताते हुए प्रोग्राम का समापन की ओर ले जाएंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि जुलाई माह में रायपुर में 10 से 13 जुलाई आ रहे हैं और मुंबई 20 से 25 जुलाई आ रहे हैं इच्छुक दर्शक जो कोई भी रायपुर अथवा मुंबई से जो है आप लोग संबंध रखते हैं इनके आसपास के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं आप लोग हमसे पर्सनली आकर के मिल सकते हैं तो चलिए को जुलाई माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दो जुलाई को पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा चार जुलाई बृहस्पतिवार दिन रहेगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलेगी बारह तारीख देवशैनी एकादशी सोलह तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा गुरु गुरु पूर्णिणिमा भी इसी दिन है गुरूर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मय स्त्री गुरुए न और कर्क संक्रांति भी सोलह तारीख को ही है संक्रांति बेसिकली होता क्या है हम आपको बता दें कि सूर्य देव अभी जैसे मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि से जैसे कर्क राशि में आएंगे तो यही संक्रांति कही जाती है सत्ताईस तारीख को काम का एकादशी है तो एकादशी जो लोग रहते हैं आप लोग व्रत रह सकते हैं बारह तारीख और सत्ताईस तारीख को आगे और कैसा रहेगा जुलाई माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो माह के प्रारंभ में एक से सात जुलाई के मध्य पारिवारिक एवं आर्थिक उलझनों के कारण आपका मन बहुत परेशान रहेगा नियोजित योजनाओं में विघ्न बाधाएं आपके आती हुई दिखाई पड़ रही है परिवार में किसी से मतभेद वृश्चिक राशि के जातकों के साथ हो सकते हैं तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन आपके बनते रहेंगे अगर आप में आपने पूर्व में कहीं पर निवेश किया हुआ है या आपका कोई जो है जमीन जायदाद संबंधी मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला आएगा वह जमीन भूमि से संबंधित क्रय विक्रय का काम आपका सतत चलता रहेगा सरकारी नौकरी में है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की जरूरत है और खास करके सरकारी नौकरी में जो कोई रिश्वत लेता है आप लोग संभल जाइएगा अन्यथा रिश्वत लेते हुए इसमें आप लोग पकड़े जा सकते हैं आपकी कोई शिकायत गुप्त रूप से कर सकता है 11 जुलाई तक 7 से 11 जुलाई के मध्य सभी प्रकार के सुखों एवं धन प्राप्ति का योग बन रहा है सुखो भोग तथा विलासिता की सामग्री में वृद्धि होगी परिवार से आर्थिक सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा शिक्षा में जो छात्र रुचि ले रहे हैं और बाहर जाने को सोच रहे हैं इस इसम बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के मध्य ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई शारीरिक पीड़ा वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर आ सकती है कष्ट हो सकता है कार्यों पर सुचारू रूप से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपका नुकसान यहाँ पर होना तय है कार्यस्थल अथवा कार्यभार में आपके परिवर्तन होगा ट्रांसफर के योग बन रहे हैं कोई नवीन जगह भी आप जाते हुए नजर आ रहे हैं इस माह आप लोग धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है लेकिन यात्राओं पर अपने लगेज की आपको सुरक्षा करनी होगी अन्यथा चोरी होगा वही तेईस तारीख तक की स्थिति जो है धन की अकारण हानि होती हुई दिखाई दे रही है आय में आपके कमी आती हुई दिखेगी बहुत प्रयास आप करेंगे लेकिन आपको असफलता तथा निराशा हाथ लगती हुई नजर आएगी आपका आत्मविश्वास गिरे गिरेगा किसी प्रियजन से अलग रहना पड़ सकता है और वाद विवाद हो सकता है वहीं तेईस जुलाई से तीस जुलाई तक आपकी आकांक्षाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति होगी देश के अंदर ही आप लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे और बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति होगी इस माह कोई नया वाहन क्रय करने का योग बन रहा है अपेक्षा से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा और एक बात बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को कि इस माह कोई नया निवेश आप लोग कर सकते हैं कोई नई एफडी कर सकते हैं कोई नई पॉलिसीज वगैरह आप लोग ले सकते हैं इस माह आपके संतान आपको कोई गुड न्यूज़ देती हुई नजर आएगी संतान पक्ष से आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे वहीं पर आस पड़ोसियों से तूतू मय महीने वाद विवाद की स्थिति रहेगी तथा यदि आपने कोई घर पर पालतू जानवर पाल रखे हैं तो उनकी क्षति होती हुई दिखा रहे हैं तो विशेष सावधान रहने की यहां पर सितारे सलाह दे रहे हैं तो ओवरऑल जुलाई माह वृश्चिक राशि के जातकों के साथ जो चीज़ें हमने बताई हैं ये चीज़ें घटित होंगी अब बढ़ते हैं आपके शुभ दिवस की ओर लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम नई सरकार को बधाई देना चाहते हैं और मोदी जी को पुनः बधाई देना चाहते हैं वैसे तो हमने डेढ़ वर्ष पहले ही बता दिया था कौन आएगा और जी न्यूज को अपने जो जो है है चैनल पर जो है चलाया आप लोग भी एक क्लिप देख सकते हैं की ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में दो सौ सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार साढ़े के आस पास सकती है और एन डी के पास फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी शनि की, की तीसरी दृष्टि देख लीजिए धनु राशि यहाँ पर जो है अपने कुंभ राशि पर पड़ रही है और भाग्य के घर पर पड़ रही है शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है तो ये भी इशारा कर रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हम एन की बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलेगी और कम से कम दो सौ से 340 340 सीटों के मद, 340 सीटों के के मध्य मध्य 280 से इसमें प्लस-माइनस 30 आप लोग तो इतनी सीटें बीजेपी की आएगी। की आएगी इंडिया छोड़ दीजिए एनडीए की तो जो आएगी आएगी हमने बीजेपी की बात की है 23 मई को बन रही ग्रह गोचर की स्थिति भी बीजेपी की बम जीत का ऐलान कर रही है तो इसका जवाब भी हाँ मिल रहा है तेईस मई को जो गोचरीय स्थिति रहेगी ये भी इशारा दर्शकों कई हद तक की चीख चीख के कह रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी ज्योतिषियों के मुताबिक ये ग्रह दशाएं ही हैं जिन्होंने पीएम मोदी की कुंडली की ताकत दिखाने के लिए 2019 के चुनाव में उनके खिलाफ 29 पार्टियों को एकजुट कर दिया है तो वृश्चिक राशि के जात अब आपके लिए शुभ दिनांक कौन सा है शुभ दिन जो है इस माह के लिए लकी डेज आपके कौन से रहेंगे तो एक तारीख आठ तारीख बारह तारीख चौदह तारीख सत्रह तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख उनतीस तारीख और प्रतिकूल दिनांक जी हाँ जो आपके अनुकूल ना हो तो कौन कौन से दिन हैं तीन तारीख छः तारीख दस तारीख उन्नीस तारीख बाईस तारीख सत्ताईस तारीख इकतीस तारीख बिल्कुल अलर्ट हाई अलर्ट पर वृश्चिक राश के जातक आप लोग रहिएगा इस माह सर्वथा शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और आठ इन अंकों का प्रयोग करके आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ये महरून कलर रहेगा और रेड कलर ये दो कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे इन कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं अब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस का सभी लोगों को पाठ करना रहेगा शनिवार को दशरथ के शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा क्योंकि शनि की साथ साथी का अंतिम चरण चल्ण चल रहा है आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए आपको प्रातःकाल उगते सूर्य के समक्ष 10 से 15 मिनट चेयर डालकर के बैठना है जी हाँ उगते सूर्य के समक्ष बैठना है दस ग्यारह बजे मत बैठ जाइएगा अन्य हानि उठा जाएंगे आपको इस तांबे के तीन सिक्के लेने हैं और रविवार वाले दिन उस पर रोली लगा करके रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा और उसको जल प्रवाह आपको करना होगा ये प्रयोग करिए नौकरी में भी जो प्रॉब्लम आएगी वो दूर होगी घर परिवार में जो दिक्कत आएगी वो दूर होगी बिल्कुल तय है उपाय आप लोग करके तो देखिए तो ये तो था हमारा जो है वृश्चिक राशि का राशिफल जुलाई माह का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए जुलाई माह में फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं रायपुर 10 से 13 जुलाई और मुंबई 20 से 25 जुलाई आ रहे इच्छुक दर्शक मिल सकते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार